सदा अपनी रसना को रश में बना कर हरी हर हरी हर हरी हर जपा कर सदाई अपनी रसना को रस में बनाकर हरि हर हरि अपनी रचना को रस्म रच बना कर हरी हरे हरी हरे हरी हरे जपा कर इसी जप से कलों का तुम भारे हो इसी डब से पापों का प्रतिकार होगा इसी डब से नर्तन का सिंगार होगा इसी डब से तू हरी ओ प्यार होगा ये साँसों की अपनी माला बना कर तू साँसों को अपनी माला बना कर हरी हरे हरी हर हरी हर ज कर सदा अपनी रचना को रत्म बना कर हरी हर हरी हर हरी हर ज कर इसी जब से तू आत्म बलवान होगा इसी जब से कर्तव्य का ध्यान होगा इसी जब से संतुष्ट भगवान होगा इसी जब से दुनिया में तू महान होगा अकेले हो या साथ सबको मिलाकर, अकेले हो या साथ सबको मिलाकर। हरी हर हरी हर हरी हर ज सदा अपनी रचना को रत्न बना कर हरे हर हरी हर हरी हर, हर जप कर श्रदा से इस जप है गाता उसका यही जप है भाग विदाता उसका यही जप है भाग विदाता यही जब पिता है यही जप है माता यही जप इस जग में कल्याण दाता यही जप है इस जग में कल्याण दाता हरि का कोई रूप मन में बिठा कर हरि का कोई रूप मन में बिठा कर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर सदा अपनी रचना को रत्न बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर गपा ये जब जब मन को ललचा रहा हो वो रसिकों के रसपथ पर जा रहा हो मजा जब हरी ना कहा रहा हो हरी हरी हर तरफ छा रहा हरी हरी हर तरफ छा तो कुछ प्रेम बिंदु दीर्घ से बहा कर तो कुछ प्रेम बिंदु दीर्घ से बहा कर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर सदाए अपनी रचना को रत्नय बना कर हरी हर हरि हर हरि हर जपा कर सदाए अपनी रचना को रत्मय बना कर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर रचना को रश्म बनाकर हरी हरे, हरे, हरे हरी हरे हरी हरे, हरे, हरे जपा